आज आप दोनों लोगों ने शादी किया है फिर आगे का क्या योजना है आप लोगों की शादी तो आगे क्या तो जान दोनों लोग आज बिल्कुल शादी कर लिए हैं पति पत्नी के रूप में हैं। कैसा लग रहा है आप किसी कवि ने कहा है कि प्रेम को ढाई अक्षर का कैसा कहे प्रेम सागर से गहरा है नब ऐसी बड़ा प्रेम होता है दिखता नहीं है मगर प्रेम की ही धूरी पर ये जगह है खड़ा प्रेम की बात क्या हर रुख के रचनाकार साहित्यकार ऋषि मुनि सहित चिंतकों ने अनेक प्रकार से किया है परन्तु इसका भाव वही समझ सकता है जो इसमें निश्चल भाव से गोता लगाया हो या फिर भी शब्दों के माध्यम से प्रेम के अभिव्यक्ति उसके लिए भी संभव नहीं होता यह कहना तब और उपयुक्त हो जाता है जब यह चरितार्थ होता दिखे कि प्रेम का एक ऐसा मामला आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक भैरवधाम धाम परिसर में उस वक्त जहां पर एक किन्नर और एक लड़के का प्रेम परवान चढ़ा और भैरव बाबा को साक्षी मानकर एक दूजे के होते हुए पर्ण सूत्र में बच गए यानी कि उन्होंने शादी कर ली बता दें कि जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल के निवासी मुस्कान नाम के किन्नर विगत दो साल पूर्व मऊ जिले में रहने वाले एक नृत्य कार्यक्रम के लिए आई थी जहाँ पर उसकी मुलाकात वीरू राजभर निवासी देवसीपुर पोस्ट से कई थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ से हुई पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे विगत डेढ़ साल से वीरू और मुस्कान वीरू के घर पर रहने लगे इसी बीच दोनों का प्यार और भी प्रकार हुआ और मन ही मन दोनों एक दूसरे का हमसफर सब बनने को राजी हो गए वीरू ने बताया कि संबंध में उसके परिवार को कोई आपत्ति नहीं है जिससे आज दोनों ने भैरव बाबा को साक्षी मानकर उनके समक्ष एक दूसरे का दामन थाम लिया और आपस में विवाह कर लिए। क्या नाम है आप और ये मुस्कान राजभर अच्छा आप लोग आज परल सूत्र में बंध गए ये कब से आप इनको जानते हैं और ये आपसे जानते हैं डेढ़ साल डेढ़ साल से डेढ़ साल से एक दूसरे के साथ रहते हैं आप लोग आज आप दोनों लोगों ने शादी किया है फिर आगे का क्या योजना है आप लोगों की क्या क्या तो आगे है। परिवार वाले बिल्कुल राजी हैं सब राजी है। आपका नाम मुस्कान मुस्कान जी आप इनको कब से, से जानती हैं? डेढ़ साल से जानती तो है डेढ़ साल से अच्छा तो दोनों लोग आज बिल्कुल शादी कर लिए है पति पत्नी के रूप में है कैसा लग रहा है आप हो रहा है। दोनों लोग एक दूसरे के साथ जीवन भर रहने की पूरी प्रतिबद्धता हाँ। के साथ हाँ उससे हैं कि जिंदगी बीत जाए साथ में आगे इनका मर्जी और मेरा तो हमेशा भरने के साथ जीना मरना के साथ है। देखना सब सकती